सुहेग so, आइज hey कैसे हो आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक 25 फीट बाय 30 फीट का छोटा सा हाउस प्लान लेकिन ये एक कंप्लीट पैकेज है और ये हाउस प्लान वास्तुशास्त्र के गाइडलाइंस के हिसाब से रखा है मैंने जिससे ये प्लान और भी बेहतर हो जाता है इस हाउस प्लान में आपको पार्किंग गार्डन प्लस टू बेडरूम किचन लिविंग एंड ड्राइंग और बहुत कुछ है और जो भी आगेगा आगे मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो बने रहो वीडियो के अंत तक इसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा गाइज अगर आपको ये हाउस प्लान अच्छा लगे तो आप इसके थ्रू ही आप अपना तो घर बनवा सकते हो अगर ये हाउस प्लान आपको अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हो कोई बात नहीं लेकिन मैं 100% परसेंट श्योर हूँ भाई लोग ये हाउस प्लान आपको जरूर अच्छा लगेगा अगर अच्छा नहीं लगे तो एक आइडिया तो ज़रूर दे जाएगा इतना में ग्रेंटेड कह सकता हूँ मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि जो मेरे भाई लोग आर्किटेक्ट या सिविल इंजीनियर का चार्ज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनको मेरे वीडियोस के थ्रू कुछ हेल्प मिल सके इसलिए मैं वीडियोस बनाता हूँ इस वीडियो में मैंने कॉलम साइज़ डोर साइज वेंटिलेशन साइज़ ब्रीम साइज मतलब आपको इस चैनल पर घर से रिलेटेड पूरी डिटेल्स मिलेगा तो अभी मैं यहाँ पे स्टेयर ड्रो कर रहा हूँ उसके बाद से ऑलमोस्ट ये प्लान कंप्लीट ही हो चुका है इसके बाद से हम कलर करेंगे एंड कलर करने के बाद से आपको इस हाउस प्लान का फुल डायमेंशन आपके साथ शेयर करूँगा इस्टेयर का राइजर आपको 5 इंच का रखना है एंड ट्रेड इसका 6 इंच सॉरी 10 इंच का तो ये अच्छा होगा अगर आपको आइडिया हो तो आप अपने हिसाब से भी रख सकते हो अब देखिए मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी वेंटिलेशन विंडो साइज ये सब अच्छे से दिखेगा और ये आपको अच्छे से समझ में आएगा इसमें आपको वॉल साइज रखना है फाइव फाइव इंच का यानी 125 ट्वेंटी का जिससे आपको वेस्टेज कम होगा ये मैं आपको आपके साथ मैंने शो कर दिया है यहाँ पे विंडो वेंटिलेशन यहाँ पे ओ है और ये विंडो मतलब जिससे आपको समझने में आसानी होगी एंड और कुछ नहीं है तो चलिए अब आप मैं आपके साथ इसका डायमेंशन शो करता हूँ ये अपना मेन डोर है एंड तो देखिए सबसे पहले अपना ये मेन गेट के बाद से एंटर करेंगे अपने पार्किंग एरिया में जिसका साइज मैंने रखा है फाइव फीट एट इंच बाय सिक्सटीन फीट फोर इंच का उसके बाद से अपना ये एक छोटा सा गार्डन यहां पे मैंने रखा है जिसका साइज मैंने रखा है ये फाइव फिट एट इंच बाय एट फीट का उसके बाद से अपना ये डाइनिंग कम लिविंग जिसका साइज मैंने रखा है 13 फीट बाय 14 फीट का आप आराम से यहाँ पे डाइनिंग कम लिविंग रख सकते हो अपना तो उसके बाद से यहाँ से स्टेयर अपना आप 3 फीट वाइड स्टेयर रखा है मैंने यहाँ पे एंड उसके बाद से अपना ये बेडरूम साइज थोड़ा छोटा है लेकिन आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर देना नाइन फीट एट इंच बाई टेन फीट का रखा है उसके बाद से यह अटैच्ड बाथकम लैटरिन सिक्स फीट एट इंच बाई थ्री फीट का रखा है एंड दिस इज और ओ टी एस जिससे इस रूम में एंड घर में लाइटनिंग बनी रहेगी दिस इज और सेकेंड बेडरूम जिसका साइज मैंने रखा है एलेवन फीट बाई टेन फीट का एंड दिस इज कॉमन बाथ कम लैटरिन जिसका साइज मैंने रखा है सिक्स फीट बाय फोर फीट का एंड दिस इज और वाश एरिया थ्री फीट बाय फाइव फाइव फिट का रखा है यहाँ उसके वहाँ से आप तो उसको खाली रखिए छत मट डालिए वहाँ से वो किए से आपके घर में लाइटनिंग बनी रहेगी बेडरूम में एंड किचन एरिया में तो ये वॉश अपना uh, किचन एरिया से अटैच्ड है किचन से अटैच्ड है तो किचन का साइज मैंने रखा है फी, sorry, feet, 8 फीट सॉरी 7 फीट 8 इंच बाई 10 फीट का सो तो यही है अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस लाता रहता हूं जिससे आपके हाउस कंस्ट्रक्शन में बहुत हेल्पफुल होंगे एंड लाखों रुपए बचाएँगे तो कॉलम साइज आपने रखना है टेन इंटू इंच का सिक्सटीन एम का टू फोल नंबर यूज़ करना है एंड बिल्डिंग आपको 10 टू 12 लाइक्स डिपेंड करता है आपके क्वालिटी एंड क्वानिटी के ऊपर डोर साइज आपको रखना है थ्री फीट सिक्स इंच इंटू सेवन फीट का एंड टॉयलेट डोर साइज टू फीट सिक्स इंच इंटू सेवन फीट का सो so यही एज का प्लान गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में एक नए हाउस प्लान के साथ तब तक के लिए बाय लव यू जय हिंद